नमस्कार किसान भाई एक बार फिर से मगध फ्रेश फार्म जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपका स्वागत है शाम के करीब साढ़े चार बज रहे हैं और हमने चार टैंक में पहले तिलापिया डाला था जिसका अपडेट हमने दिया था और लगभग साढ़े सात हजार छिहत्तर सौ पीस हमने जासर मछली मंगवाया था पहले ये जो दोनों टैंक देख रहे होंगे रोहित से हम कहेंगे कि वो टैंक की तरफ दिखाएँ ये ये एक टैंक है और एक जस्ट उसके पीछे जो टैंक है उसमें इस दोनों को हमने हॉस्पिटल टैंक बनाया था और उसके बाद तकरीबन सौ मछली जो है वो चोटिल थी और वो मर गई तो अभी हमारा टाइम है फीडिंग का भोजन देने का तो आप जो बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग तरीके का बात करते कोई छः परसेंट मछली को देता है बेट के हिसाब से कोई चार परसेंट कोई दो परसेंट हालाँकि वो लोग देते हैं जो फ्लॉक बन जाने के बाद वो देते हैं हम लोग अभी चार दे रहे हैं तो आप रोई से हम कहेंगे कि देखिए वो दिखाएंगे आपको कि यदि मछली स्वस्थ हो तो किस तरीके से वो दाना खाती है हालांकि इस टैंक का जो पानी है थोड़ा सा इसका कलर उतना साफ नहीं है लेकिन जब आप दूसरे टैंक के तरफ जाएंगे तो उसका पानी बेहद साफ़ है इसमें तकरीबन तीन केजी के के हिसाब से मछली है 240 लाइन का हमने बच्चा लिया था तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मछली होगा मछली को दाना खिलाते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आ, एक ही जगह पे मछली को दाना नहीं देना चाहिए उससे क्या होता है कि आपस में ये खुद ही लड़के चोटिल हो जाती है और इस कारण से हमारे बहुत सारे जो मछली हैं वो चोटिल हुई तो आप देख रहे होंगे कि सारी मछलियाँ ऊपर आ गई है दाना अपना खा रही है और फिंगर लाइन की जहां तक बात होती है कि फिंगर लाइन मछली बायोफ्लोक के लिए बहुत अच्छा होता है तो मैं आपको बता दूं कि उससे थोड़ा सा साइज मछली का बड़ा है इसमें तकरीबन रोहित कितना आप दाना इन दोनों के लिए तोल के लेके आए थे साठ साठ तो उससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बॉडी बेट मछली का होगा हालांकि मछली लाने के बाद हम लोगों से एक गलती ये हुई थी कि हम लोगों ने मछली का सेनेटाइजेशन नहीं किया था लेकिन जब हम लोगों ने मछली को इस दो टैंक से बाकी टैंकों में ट्रांसफ़र करना शुरू किया तो उस वक्त हमने मछली को सैनिटाइज़ कर दिया हालांकि बहुत सारी मछली अभी भी मर रही है उसका वजह यह है कि कुछ चोटिल है आने के दरमियान और कुछ दो खाना खिलाने के दरमियान भी चोट लगा है तो अभी हम चूंकि हम चाहते भी हैं कि छोटा छोटा वीडियो हो क्योंकि बड़ा वीडियो बनाने पे लोग थोड़ा सा उकता जाते हैं तो दो टैंकों में हमने दिखा दिया कि किस तरीके से हम फ्रीडिंग कर रहे हैं आप वैसे हमने तो 18 तारीख सॉरी माफ़ कीजिएगा 8 तारीख को हमने जीरा मंगवाया था लेकिन हम कल से ही यदि जोड़ के चलें तो ये हमारा पहला वीडियो है और आधा किलो का मछली कब तक हो जाएगा ये आप खुद अंदाज़ा भी लगा सकते हैं या आप अगले अगले जो अगला जब हमारे हार्टिंग करेंगे और जब अपडेट हम उसका देंगे तब आप समझ जाएंगे कि कितना मछली कितने दिनों में बायोफ्लॉस में बड़ा हुआ बोल दुलिए